देश, माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश मैंने शुरू से कहा कि प्रेत भूत या जिन्नात साधनाए नहीं करनी चाहिए लेकिन आज मैं आप लोगों को कल्वा साधना दे रहा हूं कल्वा एक प्रकार का भूत होता है कलवा क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मंत्र आपको क्यों दे रहा हूं कलवा का बहुत सारा प्रयोग है प्रयोग ना पता होने पर कलवा आपके सुरक्षा का काम करता है अगर आप कलवा सिद्ध कर लोगे मेरे बताए विधान से तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का आविचारिक प्रयोग या आपके घर के ऊपर किसी भी तरीके का काला जादू या कोई और आत्मा का प्रवेश वर्जित हो जाएगा इस सोच के साथ मैं आपको कलवा साधना दे रहा हूँ और आप लोग इसको करें गृहस्थ भी कर सकते हैं मैं विधान बताऊँगा और उसके बाद इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखें ये ना सोचे कि इससे कोई कार्य करवाना है कलुआ बहुत तरह के कार्य करने में सक्षम होता है कलुआ छोटे बच्चे जिनको संसार की समझ नहीं होती है उनके भूतों को कहा जाता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जलाया नहीं जाता है उनको मिट्टी दी जाती है उनको धरती में दफन कर दिया जाता है तो जो भूत होते हैं उनका विचार और व्यवहार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे वो जीवित होते हैं लेकिन कलवा ना इनका विचार होता है ना इनका व्यवहार होता है ना इनको समझ होती है ये बिल्कुल भुलाए हुए एक आ, किसी व्यक्ति की तरह भ्रमण करते हैं और ख़ास करके जहाँ इनके शरीर को दफन किया जाता है वहाँ पर ये विचरते हैं कलवा को बहुत प्रेम से रखा जाता है जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं वो चाहे तो कलवा को रिलीज कर देते हैं मुक्त करवा देते हैं या फिर उनको किसी और के गर्भ में पहुँचा देते हैं आप लोगों को सिर्फ कलवा सिद्ध करना है मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कलवा के साथ मैं अपने कुछ मित्रों के साथ एक मसान में हवन कर रहा था दीपावली की रात्रि शब्द शब ही हवन हो रहा था और घेराबंदी किया हुआ था घेरा के चारों तरफ जो है कुत्ते आकर भोंक रहे थे लेकिन घेरा में कोई प्रवेश नहीं कर रहा था मैं काफी मग्न था अपने हवन में तो हवन के बाद ऐसा लोगों ने बताया कि बहुत सारे बच्चों का रौने की आवाज़ आ रहा था मैं समझ गया कि उसी आशमशान से सट्टा हुआ एक कलुओं का मतलब बच्चों का मसान है तो वहाँ की आत्माएँ वो विलाप कर रही होंगी मुक्ति के लिए इस चीज़ को हमने आया गया कर दिया ऐसे बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होती हैं जब आप मसान में हवन करते हो उसके दो तीन दिन बाद ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमें ऐसा दिखता था कि हमारे आस एक बच्चा है कुछ भी काम करना हो जैसे पानी लाना हो या फिर कुछ सामान उठा के कोई किताब उठा कर कहीं रखना हो तो वो मैं सोचता था वो कार्य मेरा हो जाता था मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहा था एक दिन मैं कुछ बैठ के लिख रहा था कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आने वाले थे मैंने मन मन में ऐसा भाव लाया कि अगर वो अभी आ जाते हैं तो फिर मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि लिखना एक फ्लो में होता है करीब डेढ़ घंटे में लिखा तब तक वो व्यक्ति आया नहीं बाहर गया बालकनी से देखा तो उस व्यक्ति की गाड़ी खड़ी थी मैंने बोला चलो अभी आया है ड्रॉइंग रूम में गया तो देखा कि वो व्यक्ति बैठा हुआ है मैंने बोला तुम अंदर कैसा है तो उसने बोला कि तुमने ही दरवाजा खोला था मैंने बोला मैं तो डेढ़ घंटे से उठा नहीं वो घर से भाग गया कि भाई तुम्हारे घर में भूत है ये उस कलुए का अपने मास्टर के प्रति एक वफादारी था कि वो हर एक मेरी चीज पर ध्यान रखता था लेकिन नैतिक तौर पे ये मेरे लिए गलत था क्योंकि मैं अपनी सुरक्षा का ख्याल रख सकता हूँ और किसी भी अबोध बालक से काम करवाना सही नहीं था मैंने उसको फिर जा करके रिलीज किया गुरु आप कैसे? आप लोग कलवा रख सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रेम भाव से रखिएगा आप लोगों को करना क्या है अब मैं आपको विधान बताऊंगा कलवा रखने का कलवा सिद्ध करने का सात दिन में आप एक कलवा सिद्ध कर सकते हैं आपको इसके लिए चाहिए होगा शमशान का राख और शमशान का एक कोयले का टुकड़ा मतलब जो लकड़ी चिता की होती है वो कोयला हो जाता है जल के वो इसके अलावा आपको एक दीपक चाहिए होगा और सरसों का तेल चाहिए होगा चाहे तो आप इस साधना को शमशान में करें या फिर किसी ऐसे जगह पर करें जहां पर जीव ना हो जीव ना विचर तो घर में ये साधना आप कर नहीं सकते आप किसी शनिवार को इस साधना को शुरू करें वो जाएं, जाए एक रुपया रखें वहां से थोड़ा राख और एक कोयले का टुकड़ा उठा लें किसी भी निर्ज, निर्जन स्थान पर चले जाए जहां पर आप साधना करेंगे उसके बाद दक्षिण की ओर देखना है दक्षिण की ओर आप मुक करके बैठ जाएंगे उस राख का आप एक आसन बनाएंगे और उसी पर आप विराजेंगे ठीक है और सामने उस दीपक को जलाएंगे दक्षिण की तरफ मुक करके और कोयले से उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद जो मंत्र मैं अभी देने वाला हूँ इसका ग्यारह माला जाप करेंगे सात दिनों तक हर रोज रात में यह पूरी प्रक्रिया आपको रोज करनी है मंत्र है कारा करुआ आवन वीर सब तीरिया में तेरा शरीर हाट की मिट्टी पेर की छाल पकड़ के मारो मंगलवार मंगलवार की ओ सिंगार अब ना दिखोगे घर की बार घर छोड़ो घराना छोड़ो छोड़े मसान का ठाम आवो तो आवे नहीं आवे तो वेताल की लात छाती पर खावे मेरी आन मेरे गुरु की आन ईश्वर गोरा पार्वती महादेव की दुहाई ये समझने वाली बात है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि इस साधना को करते के समय आपको बहुत तरह के अनुभूतियाँ होंगी भय का आभास होगा लेकिन गुरु मंत्र या फिर जो सुरक्षा मंत्र मैंने पहले दे रखा है उससे अपना सुरक्षा आप करके इस साधना को शुरू करोगे बिना सुरक्षा मंत्र के इस साधना को शुरू मत करना वरना कभी कभी कलुआ एग्रेसिव भी होता है तो बहुत घातक इसका प्रमाण होता है सात दिनों की जब आप साधना कर लोगे आठवा दिन आप या फिर सातवें दिन के मध्य रात्रि के बाद कलेजा और गूगल से इसी मंत्र से दशांश हवन करोगे इतना करने से आपको कलवा सिद्ध हो जाएगा और कलवा अपने आने का और आपके साथ होने का प्रमाण देगा आपको बिल्कुल ही इस मत में नहीं रहना है कि आपका कलवा सिद्ध हो गया है तो अब आप इससे मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण कुछ भी करवाओगे इससे सिर्फ और सिर्फ आप सुरक्षा के लिए छोड़ दोगे अपने मन में, मन में से रहेगा, आएगा, जाएगा, जो भी करना है। लेकिन एक बात की गारंटी है कि एक बार आपने कलवा सिद्ध कर लिया तो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी हो जाती है किसी भी साधक को खास करके गृह साधक को जो कि इस चीज में सक्षम नहीं है कि उसको पता चल सके कि उस पर तंत्र का प्रयोग हुआ है या उसके अधिकार क्षेत्र में किसी आत्मा का प्रवेश हुआ है ऐसे सारे साधकों को कलवा रखना चाहिए आज के लिए इतना स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हैं मेरी किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिनको भी भूत प्रेतों में इंटरेस्ट जैसे कलवा इनसे अगर बात करना है तो इसमें बहुत सारा विधान दिया हुआ है कि आप कैसे इन भूत प्रेतों से बात कर सकते हैं जिनको साधना का जो बेसिक मंत्र होता है जैसे आसन बंधन भैरव ये सब साधना उनको सीखनी है वो मेरे पेट बेसिक रूप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर टू नाइन एट एट फाइव एट फाइव जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो मेरा वेबसाइट है डब्ल्यू पर उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल भी फ़ॉर आद पर जाइए उसको इंस्टॉल कीजिए रूट ऐप सी एम फोर टाइप कीजिए मेरा प्रोफाइल आएगा आप डायरेक्ट मेरे कॉल भी कर सकते हैं आज के लिए नहीं आप सभी को आदेश आदेश खराश